कल हमने आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट डिजी लॉकर से किस प्रकार से डाउनलोड की जाती है वो हमने आपको बताया था और आज हम आपको बताएंगे कि इंटर की मार्कशीट आप किस प्रकार से डिजी लॉकर में डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करके हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको डिजी लॉकर अप्लीकेशन ओपन करना है डिजी लॉकर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगी यहां पे आपको ये एक्सप्लोर मोर इस एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य इसमें आ जाएंगे जैसे अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश अरुणाचल स... तो आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट को आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है अब जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी सर्विस लागू करी गई है डिजी लॉकर पे वो सारी यहां पर दिख जाएंगी तो यहाँ पर आपको आकर के देखना है कि आपका यूपी बोर्ड की मार्कशीट कहाँ पर ऐड है तो आप देख सकते हैं क्लास ट्वेल्थ मार्कशीट इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका जो भी कच्छा बारह का रोल नंबर है वो रोल नंबर दर्ज कर देना है और यहाँ पर आपको जिस सन में आपने पास किया है इंटर उस सन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम पहले रोल नंबर डाल देते हैं रोल नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट ईयर यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपने जो भी सन में आपने पास किया हो इंटर उस सन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो चलिए हम सन सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं गेट डाक्यूमेंट इस गेट डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्लास बारह की मार्कशीट फैक्चिंग करी जाएगी जिसमें से आपका ये डाउनलोडिंग हो जाएगी तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्कशीट डाउनलोड हो चुकी है डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं तीन डॉट यहां पे आप शेयर भी कर सकते हैं वाई पी डी एफ़ या डिटेल जो भी देखना चाहें आप देख सकते हैं और इसके बाद हम आपको आज मार्कशीट ओपन करके बता देते हैं कि ये किस प्रकार की इंटर की मार्कशीट होगी तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरह से इंटर की मार्कशीट इसमें डाउनलोड होकर के आती है आप भी अपना मार्कशीट वगैरह इंटर के डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके आप चाहें तो जहाँ भी इसको लगा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद